अगर आप बुद्धिमान हैं तो इस प्रश्न का उत्तर दीजिए आपको फोटो में स्ट्रॉबेरी संतरा और नाशपाती दिखाई दे रही है इन्हें ध्यान से पढ़िए और अपना उत्तर बताइए आपके पास चार ऑप्शन है ऑप्शन ए आठ ऑप्शन बी छः ऑप्शन सी दस या ऑप्शन डी चार आप अपना जवाब कमेंट करके बताइए